वो मीनारों से उठती अजा की सदा सामने दिल के है रहमतों की घटा दिल की बंजर ज़मीं की है बस ये निदा तेरे इस शहर पर मेरा सब कुछ फिदा मेरे प्यारे नबी तुझ पे सब कुछ फिदा मेरे प्यारे